गाइज हम कपड़ा कपड़ा लेने आए हैं और भाई आज कौन तो सा ले ले रहा ले रहा कोट कोट मैं मैं तो सो तो so एक है इसका प्राइस आपको मैं दिखा सकता हूँ मीरे को भी लेने आए यार पाँच हजार का भाई इधर आ देखते इधर पे देख